हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बढ़िया होंगे तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्यूँकी गैर बहुत ही बहुत ही बढ़िया इवेंट लेके आया है तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया इवेंट लेके आया है आप लोगों को पता होगा रेमपे थ्री पॉइंट जीरो इवेंट तो दोस्तों रेमपे थ्री पॉइंट इवेंट में बहुत सारा रिवॉर्ड मिल रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों को इतना रिवॉर्ड मिल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते तो आज बताने वाला कि आप लोगों को जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है और कैसा रिवॉर्ड मिल रहा है और कैसे आपको वो क्लेम करना है और क्या करने से तो आपको सब रिवॉर्ड मिल सकता है तो आज मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ सबसे पहले बोलना चाहता हूँ जो भी बंदे मेरे चैनल पर नया देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना पांच बोले बेलाइकॉन के दबा देना और अपना भाई का चैनल तो सपोर्ट जरूर करना और जाएगा तो चलते हैं पहले हमारे जो कैलेंडर है तो सबको पता है कैलेंडर तो मैं कैलेंडर में जाने वाला हूँ जाने के बाद आप देख सकते हो रैम्पॉय आई मीन रैम्पेज थ्री पॉइंट जीरो दोस्तों तो रैम्पेज थ्री पॉइंट कब शुरू होने वाला है तो मैं बताने वाला हूँ 6 जुलाई आई मीन सॉरी तो इसके आंसर मानते हैं जून तो दोस्तों सिक्स जून 18 तारीख को ये शुरू होने वाला है तो दोस्तों 18 तारीख को शुरू होने वाला है आपको क्या क्या मिलने वाला है तो मैं सब बताने वाला हूँ और कब तक रहने वाला है सब बताने वाला तो दोस्तों पहला जो इवेंट है Dawn, Dawn, तो बैटल ऑफ द दा न्यू डाउन डाउन बैटल ऑफ द न्यू डाउन तो बैटल ऑफ द न्यू डाउन आप लोगों को अठारह तारीख से शुरू होकर एक आई मीन दूसरे महीने में एक तारीख को खत्म होने वाला है तो दोस्तों आप लोगों को बहुत टाइम मिलेगा ये इस इवेंट को आप क्लेम करने के लिए तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में तो नहीं बताने मतलब बताया कि आपको कैसे ये रिवार्ड मिलेगा तो दोस्तों ऐसे भी मिल सकते है कि हर बार की तरह टोकन जो हम लोग कलेक्ट करते है पहले बार टोकन में आया था तो इस बार भी आ सकता है तो ये वाला टोकन में भी आ सकता है आपको एक बंडल मिलेगा बहुत ही बढ़िया बंडल तो दोस्तों आप देख सकते हो बंडल मिल रहा है पहले वाला आप जो बैटल ऑफ द न्यू डाउन आप देख रहे हो ये वाला में पहले आपको बंडल मिल रहा है तो दूसरे में आपको मिल रहा है मॉन्स्टर ट्रैक का स्कीन तो दोस्तों दूसरे में मिल रहा है आपको मॉन्स्टर ट्रैक का स्कीन तीसरे में मिल रहा है कि आपका एक लूट लूटबॉक्स दोस्तों बॉक्स मिल रहा है और चौथे नंबर पे आपको एक सिंबल मिल रहा है तो सिंबल बहुत तरीके होते हैं तो मुझे पता नहीं है कौन सा सिंबल है तो दिखने, दिखने में तो बहुत ही फारू लग रहा है तो चलते चौथे पांचवें नंबर पे आप लोग देख सकते हो एक बैकपैक तो बैकपैक पैक के जैसे लग रहा है तो दोस्तों आप देख सकते है वेंटेन के जैसे लग रहा है तो इसको ओपन करने के लिए टाइम होगा क्योंकि ये अठारह तारीख को शुरू होने वाला है इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है तो दूसरे में क्या है दोस्तों दूसरे में है आपका बहुत ही बढ़िया डेली मिशन जो डेली मिशन होता है कि आपको डेली मिशन क्या है मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ डेली मिशन आप लोग जब गेम ऑन करते हो तो उसमें लॉग करते हो आई तो उसको कहते हैं डेली मिशन तो दोस्तों इसको डेली मिशन करते हैं आप जब ओपन करोगे आपका फ्री फायर आई तो आपका डेली मिशन कंप्लीट हो जाएगा एक दिन के लिए तो दोस्तों ये जो हमारा बैट है तो वो मिल जाएगा बैट का स्किन डेली मिशन में तो दोस्तों तीसरे तो चलते तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे है क्या आ, तो आफ्टर मैच ड्रॉप आफ्टर मैच ड्रॉप ये बहुत ही मतलब अलग तरीका से है तो मुझे पता नहीं ये अलग तरीके से कौन सा चीजें बहुत ये आ, बहुत कुछ हो सकता है तो मुझे मालूम नहीं ये क्या कौन सा चीज है तो आप लोगों को मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स से जरूर बताना तो दोस्तों ये वाला आपको ड्रॉप में मिलेगा तो दोस्तों आपको लिखा है आफ्टर मैच ड्रॉप तो आफ्टर मैच ड्रॉप मतलब कि आप जब गेम खेलते हो गेम खेलने के बाद आपका जो कंप्लीट हो, हो जाता है या आप हो है मर जाते है तो इसके बाद आपको ये वाला टोकन आई मीन टोकन भी हो सकता है तो ये मिलेगा आफ्टर मैच ड्रॉप तो दोस्तों इसका यही मतलब है तो चौथे नंबर में जाते हैं जो हमारा है रेट टू न्यू डाउन तो दोस्तों रेट टू डाउन तो जो आपका जीप का आप देख सकते हो आपका जो जीप है जीप का स्किन है बहुत ही बहुत ही फारू है भाई क्या बोले या क्या बोले आप देख सकते हो बहुत ही जीप का फारू स्किन आया है तो ये वाला तो ये वाला जरूर लेना इसको आपको कैसे परचेज करना है तो नीचे तो नहीं लिखा है तो ये भी वैसे ही हो सकता है कि आप लोगों को टोकन भी मिल सकता है क्योंकि ऊपर देख सकते हैं बैटल ऑफ द न्यू डाउन तो इसमें भी रेड टू न्यू डाउन तो ये, तो ये की सेम लिखा है तो इसके लिए अब टोकन भी हो सकता है तो ये कब शुरू होने वाला है ये शुरू होना है जुलाई आई मीन इक्कीस जून में शुरू होने वाला है और सत्ताईस जून में खत्म होने वाला है और टेलीविशन का होने वाला है एक ही सेम है अठारह तारीख को शुरू होने वाला है और एक तारीख को खत्म होने वाला है और जो हमारा आफ्टर मैच ड्रॉप है तो वो भी टोकन आई मीन यही टोकन लगता है मुझे कि लगता है कि भाई जो आप देख सकते हो ना येलो वाला एक टोकन टाइप का है तो ये वाला मुझे लगता है कि ये तो करें इसको आफ्टर मैच मैच ड्रॉप जब खेल के आप को खत्म करोगे खत्म करने के बाद आपको ये मिलेगा तो तब इससे आपको क्लेम करना होगा तो दोस्तों बहुत ही आसान लगता है मेरे को तो चलते अठारह तारीख का इंतजार रहेगा कि क्या का मिल सकता है और कैसे मिल सकता है तो मैं बताने मैं बता चुका हूँ तो वैसे आते हैं कि दूसरे तरीके से आते हैं तो चलते और आप देख सकते हो यार पांचवे नंबर में फेंड कॉल बैक तो फेंड कॉल बैक आप कैसे कंप्लीट करेंगे करने के लिए आपको एक आईडी होना जरूरी है आई मीन आदर्श आई होना जरूरी है जैसे कि आपका फेसबुक का आईडी पे चलाते तो आपका ईमेल आईडी में एक फ्री फायर है एक गेस्ट आईडी में है तो क्या करना होगा गेस्ट आई में जाके आपका जो मेन अकाउंट है उसका नंबर बिठाना होता है तो आई नंबर बिठा के आपको फेंड बिट सेंड फैंड करना होता है सैंड करने के बाद आपका ये रिवॉर्ड मिल जाएगा जो हमारा पैराशूट क्या है तो के बाद आप देख सकते हैं कमिंग टू द बैटल कमिंग टू द बैटल का मतलब है आप गेम के अंदर जब खेलेंगे उसको मारेंगे मारने के बाद आपका बॉक्स में कुछ टोकन मिल सकते हैं ऐसा कुछ है इसमें तो ये वाला ऐसे भी है तो आपको ट्वेंटी तारीख को ये पेन का स्क्रीन ऐसे ही मिल सकता है और चेक इन रिवॉर्ड चेक इन रिवॉर्ड कैसे लॉगिंग रिओ जैसे होता है चेक इन रिवॉर्ड भी वैसे ही होता है तो आप जब गेम में ऑन करेंगे तो आपको वैसे ही दिख जाएगा तो बहुत ही फारू फारू फारू स्केट बॉय स्केट बोर्ड आया है आप लोग देख सकते हो कि ये स्केट बोर्ड बहुत ही फारू क्योंकि बहुत आगे पहले जो टॉपअप में मिलता था आप फ्री में मिलता था तो इसको ऑन कर सकते हो बहुत ही मजा आता है दोस्तों पर ये ऑन नहीं होगा क्योंकि ये एटीन जून को शुरू होने वाला है तो अब मैं इसको ऑन नहीं कर सकता कोई भी नहीं कर सकता तो लास्ट में है प्ले टू गेट रिहर्ट सबको मालूम है तो फिर भी बता रहा हूं कि प्ले टू मतलब आप जब गेम खेलोगे दो तो तीन तो तो इसको मिल जाएगा टेंशन तो लेने की कोई बात नहीं आई होप आप लोगों को मैं समझ जा पाया हूँ कि ये वीडियो के थ्रू आप लोग कैसे ये सारे क्लेम कर सकते है तो आप लोगों को कोई परेशानी हो तो मेरे को नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपका परेशानी हल करने की कोशिश करूंगा तो दोस्तों आज का वीडियो यही जागे फिर से मिलेंगे तो चलते गुड बाय और ख्याल रखना अपने घर वालों का और खुद का भी